पीछे, अरे बहन छोट है क्या लउड़े सॉरी ब्रभु गलती से हो गया क्या सो रही यही कार्य कार्य मार चोट देंगे माँ की गाली कैसे दिया माँ की गाली कैसे दिया माँ की गाली कैसे दिया माँ की गाली कैसे दिया माँ की गाली कैसे Maki Gali cursed to you. Maki Gali cursed to you, huh? Maki Gali made me cry. If a lamb is a lad.